सो फ्रेंड्स तो आज के जो वीडियो में आप लोग को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला जिसको यूज करके आप लोग कुछ इस टाइप की रेटिंग आप लोग कर सकते हैं और फ्रेंड्स इस मतलब टूल्स बहुत इस एप्लीकेशन में ज़्यादा टूल्स दिया है जो आप लोग को सारे टूल्स को मैं यूज करके दिखा दिया हूँ इस वीडियो में कैसे यूज करना है तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है और फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर मिल जाएगा लिंक अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे तो जाकर आप लोग अपलिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा तो चले चलते हैं मैचल इस वीडियो को सब्सक्राइब तो कर लीजिए तो, तो आप लोग क्या करना है अपनी फोटो क्लिक कराना है सबसे पहले स्नेपशीट अप्लीकेशन के अंदर तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस तो इसके अंदर लाने के बाद आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स क्या करेंगे यहाँ पे देखिए सिलेक्टिव पे क्लिक करेंगे और अपने चेयर पर स्लाइड करके हल्का हल्कास को इंक्रीज कर लेंगे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जहां जहाँ ब्लैक दिखाई दे उसका क्या करेंगे आप लोगों को अभी आगे बताता हूँ उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे फ्रेंड्स आप क्या करेंगे फ्यूट से टूल्स पे क्लिक करेंगे टून इमेज पे जाएंगे और हल्का सा को इंक्रेज करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे साइडों को हल्का माइनस में रखेंगे और यहाँ से डन कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिफोर देख सकते हैं कितना चेंज हो चुका है तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स और अपने फोटो को ले चलेंगे पोलर के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा फोटो आ चुका है पोलर एप्लीकेशन के अंदर तो इसके अंदर आनंद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए एडिट पर क्लिक करना होगा और फ्रेंड्स आप लोगों को एक ही टूल्स को मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे यूज करना तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पे ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको रोटेट करने वाला ये ऑप्शन है तो आप लोग क्रॉप कर सकते हैं या इधर से उधर रोटेट कर सकते हैं अपनी फोटो को इधर भी घुमाना चाहते हैं तो आप लोग इसको अपने हिसाब से अडजस्ट कर लीजिए जिस जैसे करना चाहते हैं बैकग्राउंड को ऐसे लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ें दिया है इसमें उसका तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंड वाले टूल्स पर क्लिक करेंगे तो अडजस्ट पर आएंगे गैस तो अडजस्ट पर आने का देखिए यहाँ पे एक्सपोजर को आप लोग पता होगा जैसे लाइटरूम दिया है फ्रेंड्स वैसे सेम टू सेम इसमें भी प्रोसेस दिया है आल सेटिंग दिया है तो यहाँ पे देखिए एक्सपोजर को हल्का से इंक्रेज कर लेंगे ब्राइटनेस भी दिया है अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए कंटेस्ट को हल्का से माइनस में रखते हैं जैसे लाइट में रखते हैं तो हल्का से माइनस में रखेंगे आई को भी हल्का सा माइनस शेडो को इंक्रेज कर लेंगे और वाइट को भी और ब्लैक को माइनस तो जैसे सेम प्रोसेसर लाइट रूम के जैसे दिया है फ्रेंड्स तो आप लोग यहाँ पे देखिए अब कलर पाएंगे तो कलर पेना फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखिए टेक्स्चर को इंक्रेज अथी कर सकते हैं इंक्रेज कर सकते हैं माइनस रख सकते हैं टेम्परेचर को उसका देखिए टीथ टीं को भी यहाँ पर रख सकते हैं जैसे भी आप लोग रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका माइंस को भी इंक्रेज कर लेंगे हल्का से और सचुएसन को भी तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कितना मस्ट टूल दिया है उसके बाद गाय आप लोग थर्ड वाले प्ले करेंगे इसको यहाँ पर देखिए एच दिया इसमें तो उसमें दिया है एक्सट्रा है मिक्स टोल उसका क्या करेंगे इसका आप लोग हल्का सा सचुएशन को इंक्रेज कर लेंगे और ब्रेड को हल्का सा माइनस में रखेंगे और यहाँ पे सेकेंड कलर पर आएँगे इसका सचुएसन को हल्का सा माइनस और लुमिन को इंक्रेज और क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड वाले कलर पाएंगे इसका आप लोग हल्का सा माइनस में रखेंगे वही को और सचुएशन को इंक्रेज कर लेंगे और ग्रीन पाएंगे ग्रीन का भी वही हल्का सा माइनस और सिचुएसन को पूरा फुल इंक्रेज कर लेंगे तो ये बैकग्राउंड येलो हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कलर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो अच्छा लगे आप लोग को वही कलर रख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं अपने हिसाब से ये भी कलर बहुत लोगों को अच्छा लगता है तो ये भी रख सकते हैं तो आप लोग को एक एक टूल्स में मैं बताता हूँ आप लोग कैसे यूज करना है गैस तो यहाँ पे हमको येल्लो सही लग रहा है तो येल्लो कर लेंगे अपने बैकग्राउंड को हम उसके बाद गैस आप लोग को एक कपड़े कलर है जैसे आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा ये दोनों कपड़े कलर है तो लाइटर में आप लोग को यूज करने आता होगा तो सेम प्रोसेस से आप लोग को इसको भी यूज करना है इसमें एक और खासियत दिया है फ्रेंड्स बस आप लोग को मतलब यही दिया है कि अपने बैकग्राउंड का कलर भी कोई भी रख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं उसका फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है इस पे क्लिक करना है आप लोग देख सकते हैं ये है फ्रेंड्स शेडो का वाला जैसे इसमें दिया रहता है ना शेडो इसमें भी दिया है इसके हल्का से वैलेंस को माइनस में रख सकते हैं उसके बाद आप लोग हाईलाइट को भी यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हैं इंक्रीज करना चाहते हो माइनस में रखना चाहते हो तो रख सकते हैं उसके बाद आप लोग क्या करना है यहाँ पे देखिए इफेक्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है इसको हल्का से इंक्रेज कर लेंगे और फ्रेंड्स क्या करेंगे नीचे आएंगे तो एक और इसमें दिया है फ्रेंड्स आप लोग को अभी दिखाते हैं यहाँ पे ब्लड दिया है जूम ब्लड जितना कर सकते हैं उतना भी कर सकते हैं आप तो लोग तो इसको अभी लास्ट में आप लोग बताते हैं कैसे यूज़ करना है आप लोगों को तो हल्का सी इसको इंक्रीज कर लेंगे और इस पर आएंगे इस पर आने के फ्रेंड्स हल्का सी इसको देखिए ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा डाउन करेंगे तो माइनस प्लस में तो आप लोगों को इसको नहीं रखना है उसके बाद आप लोग हुए हुए आप लोग पता होगा और साइज आप लोग को भी पता होगा साइज करने के ये है और फ्रेंड्स डिटेल्स पर आएंगे तो हल्का से क्लैरिटी को इंक्रेज कर लेंगे और सब को भी और इसको भी हल्का सा इनक्रेज कर लेंगे और फ्रेंड्स क्रीव पाएंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे उसमें दिया रहता है ना फ्रेंड्स सेम टू सेम इसमें भी दिया है तो आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे तो हल्का से इसको नीचे की तरफ करेंगे आप बीच में हल्का सा ऊपर की तरफ और इसमें बहुत सारा कलर दिया है जैसे आप लोग कलर बैकग्राउंड को मैच करना चाहते हैं तो इसको आप लोग हल्का से इसको अपडाउन कर सकते हैं तो इसको यहाँ से माइनस में कर देता हूँ फ्रेंड्स और यहाँ पे विनेट पर क्लिक करेंगे हल्का से इसको माइनस में रखेंगे और फैदर को इनक्रेज कर लेंगे और हाईलाइट को भी और फ्रेंड्स अपने हिसाब से आप लोग राउंडनेस को माइनस कम रख सकते हैं और यहाँ पे ग्रीन पेट करेंगे अमाउंट है जाते ज्यादा ज़्यादा रहते देख सकते हैं यहाँ पे इसको जैसे ग्रीन बढ़ाएंगे तो जैसे और अच्छा फोटो में क्लियर आ जाएगी तो अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं इसको मैं माइनस में कर देता हूँ और यहाँ पे लुट पे क्ली करेंगे फ्रेंड्स तो इसको आप लोग कुछ मतलब यहाँ पे चूज फोटो पे लुट पे जाएंगे जैसे कोई फोटो आप लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे ऐड करने फ्रेंड्स आप लोग जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिख रहा रहे हैं फोटो नहीं है जैसे प्रीसेट होता है ना फ्रेंड्स वो ऐसे ही है सेम टू तो सेम तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतना हो चुका है फ्रेंड्स तो आप क्या करेंगे यहाँ पे थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड का मतलब दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे स्काई जैसे आप लोगों को बैकग्राउंड में स्काई रहे उसको आप लोग लगा सकते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पे बहुत सारा है देख सकते हैं वाटर ये इस सब स्काई वाला है जिसको तो यहाँ से बैक आ जाएंगे और यहाँ से अपने बैकग्राउंड में भी ऐड कर सकते हैं ब्रोकेन टाइप का आता है जो तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे अप डाउन कर सकते हैं तो एक एक टूल्स को आप लोग यूज़ कर लीजिएगा इस कैसे आप लोग को यूज़ करना है आप लोग को पता चल जाएगा तो यहाँ से इस पर भी क्लिक करेंगे एक बार और तो यहाँ पे लाइट भी क्लिक करेंगे कस्टम में आप फोटो भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने मुताबिक बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेच पर क्लिक करेंगे और इसको देखिए आप लोग क्या करना है फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे ऊपर तो की तरह जैसे होता है ना जैसे आप लोग दिखाते हैं हेयर को ऑफ करना है तो हल्का हल्का ऐसे ऑफ कर सकते हैं जूम करके अपने फोटो को ये वाला ऑप्शन दिया है तो आप लोग अपने यूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे आप देखिए यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स सेलेक्टिव पे और यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे यस बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वे पे पर्सन दिया है तो यहाँ पे पर्सन पे आने के बाद ब्राइटनेस को अपने हिसाब से अपने अडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पे गोरा ब्लैक जहाँ जहाँ दिखाई दो उसके फ्रेंड्स यहाँ से क्या करेंगे यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे सेकेंड वाले पे तो बैकग्राउंड का कलर अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं इसमें ये ऑप्शन दिया है देख सकते हैं तो फ्रेंड्स तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन को समझ में आ जाएगा गया होगा कैसे यूज करना है तो आप लोगो भी यूज करके आप लोग बहुत सारा अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं एक एप्लीकेशन में तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स एक और ऑप्शन दिया है इसमें आप लोग बताते हैं यहाँ पे आल टूज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं तो आप लोगों को इसमें से भी यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे इस पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आप लोग इधर आएंगे तो अपने बैकग्राउंड का कलर अपने हिसाब से इसमें भी एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे देखिये चेंज भी कर सकते हैं कोई भी कलर डाल सकते हैं अपने बैकग्राउंड में आप लोग इससे तो इसमें ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स तो आप लोग इस ऑप्शन लो को टूल्स को यूज करने आ गया होगा तो एक और ऑप्शन दिया है और यहाँ पे बैकग्राउंड को यहाँ पे ब्लर भी रख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक यहां पे करेंगे फ्रेंड्स तो और यहाँ पे ब्लड को हल्का से इंक्रीज कर लेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं तो आप लोग इसमें यही एक ऑप्शन अलग से दिया है इसमें अपने बैकग्राउंड को भी आप लोग ब्लर कर सकते हैं इस लाइट में नहीं दिया है एप्लीकेशन मतलब लाइट में में ऑप्शन नहीं दिया है इसमें ऑप्शन दिया है अपने बैकग्राउंड को इसमें ब्लर भी कर सकते हैं तो अपने हिसाब से आप लोग फोटो को इसमें एडिट कर सकते हैं और फ्रेंड्स क्या करेंगे एडिट करने वास्तु आप लोग इस पर ऊपर क्लिक करेंगे अपने फोटो को यहाँ पर सेव टू डिवेलप कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए